पैर पे फेंक दिया मु ऐसे बुद्रे पड़ा का, का, है है, तो का फेंक दिया का लगा चोट बता हमको तो बताना है समझाने अरे बाबू दिखाओ ना कौची नहीं दिखाएंगे अरे तो दिखाओ ने अरे बापरी बापर वा एकदम बताओ फूल गया नहीं। कुछ नहीं हो जाकर तिर तार कर दे डॉक्टर ऐसी देखवा दे बोरे बाबू हमारे बुद्र गुद्रो तक ठंडा रखा गिर नून दे तेल देखो में धकेल दे खतरा छोड़बो का रे नहीं रे हमरा चिढ़ जाने गोल पर 15 का 15 गिर जी ते बंद अरे साला दिमाग मत खराब तो हाँ हाँ हाँ कर हम बहुत साथ में बता रहे हो एक गंदरचा देखा बैठवा कैसे हो उ हइए लेकिन यहां अब बोल है? अरे पागल तत्ता दिमाग मत खराब कर यहां से तो पैर में तेरा ऊपर से दिमाग खराब करना हम तू साला बाप रे बाप कितना गोस किया है लाओ हम भी बैठे हैं गाड़ी पर अरे साला बहुत खटारा गाड़ी हो अरे साला खटारा है तो थोड़ा सब मांग ले रे अपनी धनतेरस में केटीएम लेबे केटीएम के फुल पंप जा नहीं रहे हैं अरे साला तो चाप तो मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ तो यह हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमारा पहला करे करें, करें। यदि हमारी वीडियो आप लोगो को अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में तो आज के लिए बस इतना ही आप लोगों को इस दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हैप्पी दिवाली बात